दिन हो गए मेरी अख सुना तेरे तो बगैर मेरा इतने ना तू तू ही है तु गुजारा दिए मनु सब ते